एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे डहल रहे थे अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लाएंगे जो यह कर सकता है टकबर ने कहा यदि कोई जी के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे एक सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया वो गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और दो शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा तो उसने जवाब दिया महाराज मैंने कुछ दूर आरोप एक दीपक रख दिया था और मैं पूरी रात उसे देखता रहा यह जानने पर बादशाह ने कहा यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है क्योंकि वह जलते हुए से गरमाहट ले रहा था वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए टक्कर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग छह फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आपके पास बैठे हुए है तपकर के पूछताछ करने आरोप बीरबल ने कहा मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज तकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है बीरबल ने कहा यह संभव है महाराज यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर कर रह सकता है तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ तकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया